फैनली मेरा घर बनकर तैयार हो गया देख सकते हैं आप मैं अपना घर का दिखाता हूँ कैसे बनाए है तो ये रहा मेरा आंगन और मैं अपने घर का और तो ये नीचे वाला रूम रहा और ये ऊपर वाला रूम है चाहते हो ऊपर वाले रूम में तो ये रहा एक रूम और रूम है दिखाते हैं और रूम है गेमिंग रूम बनाए हम खुद से यहाँ पर देख सकते हैं एक और रूम आ गया ये भी एक रूम है यहाँ पर पलंग है और ऊपर एक रूम है इधर भी एक रूम है देख सकते हैं इधर भी एक रूम है दिखाते हैं देखिए और रूम है रुकिए रुकिए और ऊपर रूम है ऊपर ये एक रूम रहा आ, एक ऊपर में है ये रहा सबसे ऊपर का भाग अभी अंधेरा का समय है